हेलो दोस्तों नमस्कार दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं बजाज के ई कार्ड के बारे में दोस्तों बजाज का ई कार्ड है और आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो आपके लिए वीडियो सबसे बेस्ट होने वाला है क्योंकि बजाज जो भी बंदा ऑनलाइन परचेज करता है या फिर या फिर बजाज के थ्रू कोई लोन लेता है या फिर ई कार्ड लेता है उसके थ्रू ऑनलाइन शॉपिंग करता है तो वो बहुत क्योंकि बजाज वाले ने बहुत धोखाधड़ी करते है क्योंकि में जो आपको बैंक में ऑटो डेबिट करना पड़ता है उसके द्वारा ऑटो डेबिट है आपके बैंक में बजाज की ई तो आपके लिए ये ये जो वीडियो स्पेशल होने वाला है क्योंकि बजाज वाले ईसीएस उठाते हैं तो वो एक महीने में चार बार भी ले लेते हैं पांच बार भी ले लेते ले हैं ले ले ले। और जो आपके जो बैंक में अगर पैसे नहीं रहेंगे पे फंड नहीं रहेगा या बैलेंस नहीं रहेगा तो वहां से वो जैसे मान लो आपके बैंक में सोलह सौ रुपए है क्योंकि आपकी किस्त है पंद्रह रुपये की तो आपने 100 रुपये एडवांस डाल रखा है वहाँ पे तो वो 1600 सो की जगह 1700 सौ रुपये वहाँ से ऑटो डेबिट करेंगे तो डेबिट करेंगे तो वहाँ पे जो बैंक में इसी के चार्ज लगता है जो फंड अगर आपका जो फंड नहीं है पे बैलेंस नहीं होगा तो वहाँ पे आपको जो बैंक है ना वो चार्ज अलग से लेता है बाकी जो बजाज की ई जो बाउंस होती है उसका पाँच रुपये वो अलग से लेते हैं तो उसके बारे में बात करेंगे कि अगर आपकी जो ये परेशानी चल रही है क्योंकि मेरे पास एक भाई ने स्क्रीनशॉट भेजा है कि मेरे पिछले महीने में, में उसके बैंक में उसकी ई से ज्यादा पैसा था सौ रुपए एडवांस एक्स्ट्रा डाल रखा था फिर वो उसकी ई जो बाउंस हो जाती है और बाउंस होने के बाद में दो बार उसके बैंक में ऑटो डेबिट होती है तो और दो तो बैंक वाला डेबिट कर लेता है उसको माइनस कर लेता बाकी जो बजाज की बाउंस होती है वो यानी छह बाउंस का चार्ज लगता है बजाज में मेरे पास स्क्रीनशॉट भेजा है कि भाई मैं क्या करूँ मेरे पास ऐसी परेशानियां रहे तो उसी के बारे में बात करने वाले हैं अगर आपके साथ भी ये हो रहा है कि तो ये बजाज वाले तो खतरी कर रहे हैं तो उसका रास्ता बताऊंगा जो जोड़ रखा है आपके बैंक में जो ई कट रहा है और वो एक महीने में चार बार पांच बार या छह बार या दो बार उठा रहे हैं तो उसके बारे में बताऊंगा क्यूँकी बजाज वाले की जैसे दो तारीख को ई आती है लेकिन वो तीस तारीख को भी ई काट लेते हैं या फिर डेबिट कर लेते हैं या फिर एक को भी कर लेते हैं दो को भी कर लेते हैं तो उसी के बारे में मैं एक बात बताने वाला हूं कि अगर आपके साथ ये से थ्रोड हो रहा है बाजार के थ्रू तो आप एक काम कीजिए पहले तो आप एक एजेंट को जो उनके एजेंट होते हैं वो आज, आपके आसपास ही रहते हैं क्योंकि हर इंडिया के अंदर बहुत बड़ी कंपनी है बाजार की तो उनकी जो एजेंट है वो आपके आस ही रहते हैं। तो है तो अगर बाउंस होएगी आपकी जो ई तो आप वो कॉल करेंगे कॉल करेंगे तो आप एक काम करना उसको घर पर बुलाना क्योंकि घर पर बुलाएंगे तो आपका जो भी आपके साथ जो तो कटा है वो डेबिट हुआ है तो वो उसके बारे में पूरी डिटेल बताना उसको बताने के बाद वो बोल देना कि अगर वो बोलेगा कि ये बाउंस आपको लगेगा या वैसे होगा वो वैसे होगा तो आप बताते ना कि भाई मैं पहले तो इसके बारे में एक बात पूछना चाहता हूँ कि मेरे जो बैंक में वो फंड पूरा ई से एडवांस मैंने रखा था फिर भी ईसीएस यहाँ पे मेरे ऑटो डेबिट हो रखी थी तो वहाँ पे बाउंस चार्ज लगा है मेरे पांच सौ रुपए वाले ई एम आई का बाउंस चार्ज है बाकी दो सौ पिचानवे रूपये मेरे जो बैंक में वो बराबर कर दिए गए तो वो भाई मेरे से बोल रहा था कि मेरे पास में पंद्रह सौ रुपए मेरे पास जो दो सौ पिचानवे दो मैसेज आता है मेरे पास और पूरे जो पंद्रह सोलह थे मेरा वो पूरा माइनस हो जाता है वहाँ पे तो दोस्तों में उस भाई का स्क्रीन दिखा देता हूँ आपको की उसके साथ क्या प्रोड हुआ है तो उसके बारे में एक ही बात बताने वाला हूँ कि आप ऑनलाइन कोई भी पैसे हो अगर आपके साथ ऐसा हो रखा है और आप परेशान है तो मैं आपको एक बात ई एम आई वो आप वहां पर पे, पे करना बंद कर दीजिए पहले क्योंकि वो पे करेंगे आपके बाद जो बाउंस लगेगी और आप पे कर देंगे तो फिर वो अगले महीने में वैसे ही होगा आपके साथ जैसे इस महीने में वो उस भाई के साथ इस महीने में भी जैसे मार्च का महीना है तो उसके तारीख को और, तो और बाकी जो बैंक में उसके पैसे पड़े थे दो सौ पिचानवे दो सौ पिचानवे दो बार ऑटोडेबिट हुआ तो वो माइनस वहां पे हो गया उसकी ई एम आई थी दो तारीख को लेकिन फिर भी वो कजाज वाले ने क्या किया की वो तीस तारीख को एक बार तो तीस तारीख को दो बार ऑटो डेबिट किया और फिर इकतीस तारीख को इकतीस मार्च को ऑटो डेबिट किया क्योंकि इसकी उसकी ईएमआई तो दो तारीख को दो मार्च को ही पे कर दिया था वो बाउंस के साथ मतलब अट्ठाईस तारीख को अपने बैंक में ई एम आई आती है उसकी तो वो सोलह सौ रूपये वहाँ पे बैलेंस रखा था भाई कभी भी अपनी ऑटोडेबिट हो जाएगी लेकिन वो तीस तारीख को दो बार ऑटोडेबिट होती है और वहाँ पे दो सौ पिचानवे दो सौ पिचानवे रुपए माइनस हो जाते हैं उसकी बैलेंस में से फिर वो पहले तो ये देखता है कि क्या पता है कुछ फिर 31 तारीख को फिर दो बार उसकी जो ऑटो डिबिट होती है वहां पे दो सौ पिचानवे रुपया ईएमआई चार्ज कर जाता है उसका जो ईसीएस चार्ज कर जाता है दोस्तों में आपको एक बात बता देता हूँ कि अगर आपके साथ ये हो रहा है और कंटिन्यू होएगा ये आपका क्योंकि बजाज वाले एक दिन में दस बार भी ईसीएस काट सकते हैं तो मैं इसके एक रास्ता एक ही है कि अगर आप आप उसकी ईएमआई जमा मन कराइए जो इनके जो बजाज के रिकवरी एजेंट है वो आपको कॉल करेंगे कॉल करने के बाद में आप बोलिए वो ईएमआई के लिए बोलेंगे तो आप उसको बोलिए कि आप पहले तो मेरे आप मेरे से मिलिए तो आपसे वो मिलने आए तो उसको वो जो पूरी आपकी जो स्टेटमेंट है वो दिखाई और बैलेंस जो कितना डाला था आपने वो पूरा डिटेल में दिखाई और उसको बोलिए कि अगर ये बाउंस या और ये पूरा डिटेल आपको मैं दिखा रहा हूँ तो ये अगर मेरे किस चीज़ का चार्ज लगा रखा है क्योंकि ई तो आती है मेरी दो तारीख को तो मैंने 28 तारीख को यहाँ पे बैलेंस डाल दिया था लेकिन वो 30 तारीख को आपको ऑटो आप डेबिट कैसे हुई तो आप उसको पूरी डिटेल में बताए और उसको बोल दीजिए भाई मैं तो एक रुपये नहीं दूंगा बाजार को क्यूँकी जब तक मेरा जो क्लियरिटी नहीं होगी या क्लियर नहीं होगा तब तक मैं एक भी पैसे नहीं देने वाला हूँ क्योंकि आपके साथ कुछ भी नहीं कर सकते वो कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि उसके पास ऐसी ऑथोरिटी नहीं हो है तो आप घबराए मैं तो उसको क्लियरटी बोले कि भाई वो आपको ऐसे बोलेगा कि मैं ऐसे कर दू ऐसे कर दूसरा कुछ नहीं करने वाले क्योंकि उसके पास ऑथोरिटी रहती है कि भाई जो नियम है नियम के अनुसार चलिए और नियम के अनुसार ई जो ये पैक करिए लेकिन उसका जो दो गदड़ी वाला मामला है तो या तो आप उसके ऑफिस में जाकर बात करिए तो ऑफिस में पता है कि कोई सुनेगा नहीं आपकी क्योंकि पे इतना सुनते भी नहीं है इस चीज का या आपको क्लियरिटी चाहिए तो आप उसके एजेंट को अगर आप उससे बात करिए कि ऐसे ऐसे मेरे साथ हो रहा है वो गलत हो रहा है और मैं एक रूपये देने वाला नहीं हूँ बजा से आप जो करना है वो कर सकते हैं आप क्योंकि आप अगर कोर्ट में जाएंगे तो कंज्यूमर कोर्ट में भी यही फैसला होगा की अगर आप ई एम तारीख की है तो आपने तीस तारीख को पैसे ऑटो डेबिट कैसे किए मेरे पास जो स्क्रीन शॉट भेजा है उस भाई ने मैं उस पूरी डिटेल आपको दिखा देता हूँ फिर आपके साथ भी ये फ्रॉड हो रहा है तो कमेंट में जरूर बताएं तो दोस्तों यही था वीडियो और मैं आगे, आगे आपको स्क्रीन शॉट दिखा देता हूँ उस भाई का जो मेरे पास भेजा है कितनी बार ई सी एस और कितनी कितना रुपये उसके पास माइनस किया है कितनी पहले जोड़ रखा है क्योंकि उसने बोला है की भाई एक भी मैं उस बजाज का रुपए जो बाउंस हुआ था कभी बाउंस किया ही नहीं मैंने फिर भी वो ऑटो डेबिट के चक्कर में बाउंस हो जाती है और अरे मेरे पास जो इसी है चार्ज लगता है बैंक ले, ले लेते हैं दो रुपए तो एक महीने में, में चार बार ऑटो डेबिट हो रही है उसकी तो यही था कारण आप पैसे मंदी दीजिए उसको बजाज को आप किस आपका कुछ भी नहीं कर पाएगा तो मैं आपको वो जो मेरे पास स्क्रीन शॉट है वो आपको मत दिखा देता हूं तो दोस्तों आप देख सकते हो इस भाई ने सत्रह हज़ार की ये ऑनलाइन एक मोबाइल परचेज़ किया था बाई किया था और इसकी जो डाउन पेमेंट है इक्कीस सौ डाउन पेमेंट दिया था और पंद्रह की ई है और आपको दिखा देता हूँ कि ये तीस तीन तीस तारीख को यानी तीस मार्च को सोलह सौ रुपये अपने बैंक में डाला था ई के लिए और तीस तारीख को ही इसकी जो अमाउंट दो सौ पचानवे रुपये जो ई सी एस कटी थी वो तीस तारीख को ही कटी थी और फिर ये दूसरी जो ई सी एस हुई थी दो सौ पचानवे रुपये बैंक चार्ज और फिर तीन तारीख को आप देख सकते हो तीन तारीख को भी दो सौ दो बार ऑटो डेबिट हुआ था और ये बैंक की जो स्टेटमेंट वो वो भी आप देख सकते हो दो सौ पचानवे डेबिट होने के बाद में भी सत्रह रुपये बैलेंस है इसके बैंक में ऊपर देख सकते हो आप छः तारीखों की 8 रुपये इकहत्तर पे से यहाँ पे क्या पता कौन सा चार्ज लगा रखा है और ऐसे बहुत सारे चार्ज लगा रखे हैं